कर साथियों स्वागत है आपका ट्रेवल विथ अमेर ड्राफर साथियों आज हम अमृतसर स्वर्ण मंदिर दर्शन हेतु सभी वरिष्ठ जन तीर्थ यात्रियों के साथ निकल पड़े हैं साथ हैं विकास जी व्यास दीपक जी सुधा दोनों का स्वागत है